और तेज खींच लो भाई आराम से यार पहली बार पी क्या दस दस रुपए की भूखी चुपती है इनकी चाय पी गए खींच बुलाए क्यों तुमसे तो अच्छा ही है कुल्लड़ तो नहीं खाता ना कुल्लू यहाँ बात ना करो पे ना लो तुम्हारे बाप पीते कुल्लड़ वाली चाय इससे बढ़िया बढ़िया चाय मिलती है हम तो पैसा? मेरा मेरा नंबर नंबर है क्या? इनका भैया नंबर नहीं है इसका है इसका नंबर मारो नहीं चौथ मैं दे दे रहा हूँ पैसा रही तो तो रईस छ महीने हो गए भाई मुदूंगा बह जाएगा माधर चौथ छः महीने से रईस हूँ कितना हुआ भैया एक सौ अस्सी जीपे लेते हैं क्या कर दीजिए आइए